हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमनदीप आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान का इतिहास तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे राज सिंह के बारे में हम मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ रहे हैं इसमें हमने राज सिंह के बारे में पढ़ा था कि राज सिंह ने के समय में मुगल सिसोदिया और ये राठौड़ संघर्ष भी हुआ था ठीक है इसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि रा, जो राज सिंह है राज सिंह राज सिंह के विषय में हम पढ़ रहे थे महाराणा राज सिंह कल हमने देखा था कि इन्होंने सबसे बड़ा आ, मतलब जो इनका शिलालेख है वो कहाँ पर है देखो इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था हमने पड़, कल पढ़ा था राजसमंद झील जो गोमती नदी है उसके आ, पानी को रोककर इन्होंने ये राजसवन झील का निर्माण करवाया था यहीं पर एक शिलालेख है जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है इसके नाम से जाना था राज प्रशस्ति इसे नो चौकी भी कहा जाता है नो चौकी ठीक है इसे नो चौकी भी कहा जाता है और जो ये राज प्रशस्ति है जो एक महाकाव्य उस किसे लिखा था रणछोड़ भट्ट ने णछ भट्ट के द्वारा लिखा गया था ठीक है तेलिय जाति के ब्राह्मण थे रणछोड़ भट्ट इनके द्वारा यह प्रशस्ति लिखा गया था और यह विश्व का विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है तो ध्यान रखेगा कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज सिंह जो जो राजप्रशस्ती है राज सिंह के समय में रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी और ये कहां पर है इसी झील के किनारे राजसमंद झील के किनारे है जो गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी ठीक है इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि राज प्रकाश। इनके समय में कुछ की भी थी। जैसे राजप्रकाश जो है इसकी रचना किशोरदास किशोरदास ने की थी ठीक है इसके अलावा राजरत्नाकर मैंने आपको बताया था राजरत्नाकर इसका जो रचयता थे वो थे सदाशिव ठीक है इसके अलावा राज विलास देखिए ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण है आपको ध्यान रखनी है राज विलास जो है उनके रचयिता थे का कवि कविमान ठीक है कवि कविमान थे इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है खुमान रासो क्या नाम है इसका खुमान रासो जो इसकी रचना की थी दौलत विचर दौलत विजय ने इसकी रचना की थी इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें बप्पा बप्पा बप्पा रावल, बपा रावल रावल आपको आपको याद है मैंने आपको है? मैंने पढ़ाया था, ठीक और राज सिंह तक, जितने भी मेवाड़ के शासक हुए उनका वर्णन इस बुक में है कौन सी बुक में है खुमान रासो खुमान रासो किसने लिखी थी दौलत विजय देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर क्योंकि इसमें बप्पा रावण से लेकर राज सिंह तक कि जो, जो जितने भी शासक हुए मेवाड़ के उनका वर्णन है तो किसने लिखी थी देखो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक इसके अलावा सारी बुक ही इंपॉर्टेंट है आप आपको याद करने का तरीका बता दे जैसे राज प्रकाश है इतनी बुकें याद भी नहीं रखी जाती जैसे श आया है तो किशोर देखो शाह इसमें भी है। आप इस तरीके से याद कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा बुकें हैं हर एक शासक के समय में जो कवियों ने बहुत सारी बुकें लिखी है लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं हम उसको याद रख सकते हैं देखिए जैसे आप राजप्रकाश को जैसे किशोर किशोर दास हैं उनके द्वारा लिखी है किशोर में श आता है राज प्रकाश में भी श आ रहा है क्योंकि आपको ऑप्शन में देंगे मल्टीपल में हम इसलिए ईजीली कर सकते हैं ना तो राज, राज रत्नाकर इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा रत्नाकर रत्न है शिव के इस तरीके से आप याद रख सकते हैं मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ लास जो राज विलास है देखो राज सिंह के समय राज विलास जो है कभी मान उसको विलासता का मान है राज जो है विलास है इस तरीके से आप अपने एक ट्रिक बना के आप याद भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारी किताबें याद भी नहीं होती है लेकिन ये खुमान रासू मतलब दौलत पर जैसे दौलत विजय ने लिखी तो दौलत पर खुमाण है इस तरीके से हम याद कर सकते हैं ट्रिक मतलब अगर आप ध्यान में रखेंगे अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं मैं तो अपने बता रही हूँ तो खुमाण है दौलत पर खुमाण है मतलब इस तरीके से खुमांड रासू आप थोड़ा एक तरह से याद रख सकते हैं इसको ऐसे याद रखना है दौलत तो दौलत पर खुमान है तो खुमान खुमांड राज किसने लिखी थी दौलत विचे ने लिखी थी तो आपको आंसर मिल जाएगा वैसे भी हमको ऑप्शन दिए होंगे तो हमको इजीली मिल जाएगा ठीक है और इसमें देखिए बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसके अलावा महाराजा यश महाराजा राज यश प्रशस्ति भी लिखी गई है इनके यश जो यशगान के लिए राज के यशगान की जो प्रशस्ति है वो भी लिखी गई है ठीक है इनके अलावा ये सारे इनके जो बुके हैं हमें याद रखनी है ठीक है अब राज सिंह के बाद में जो है आ, राज सिंह के बाद में जो नेक्स्ट जो राजा है जो नेक्स्ट वो है शासक है महत्वपूर्ण जो शासक है वो हैं जय सिंह जय सिंह जैसिंग आते हैं इनके बाद में जैसिंग में जैसे राजसमंद झील का निर्माण राजसिंह ने कराया जैसिंग में अपने नाम पे जैसिंग झील जैस झील जैस का निर्माण करवाया भी गोमती झामरी और रूपारे जो ये नदियां हैं इनके पानी को रोककर जयसमन झील का निर्माण करवाया गया था जयसिंह के द्वारा ठीक है जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था जयसमन झील ये विश्व की सबसे भारत की सबसे बड़ी क्या है झील है सबसे बड़ी कृतिम झील सबसे बड़ी कृतिम झील है ये ठीक है ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी कृतिम झील है ये ठीक है ध्यान रखना है आपको इसका और यहां पर इस झील की दो विशेषता यहां पर दो टापू बने हुए हैं जिस टापू का नाम है बाबा का मगरा बाबा का मगरा और प्यारी दूसरा कौन सा है प्यारी कुछ जगह लिखा है बाबा का भांगड़ा भी लिखा हुआ है लेकिन बाबा का मगरा ही है ठीक है और दूसरा है प्यारी ठीक है तो ये टापू है ये दो टापू कहां पर है इसी प्रकार जयसमन झील पर दो टापू है ध्यान रखने आपको इंपॉर्टेंट है बाबा का मगरा और प्यारी नाम से दो टापू है ठीक है इस प्रकार और इनके समय में देखिए इनके द्वारा मारवाड़ और मारवाड़ के अजीत सिंह को और आमिर के जो सवाई जय सिंह को भी क्या किया गया था संयोग दिया गया था ठीक है उनके जो संघर्ष उस समय हो रहा था वो हम आगे पढ़ेंगे उसमें ठीक है और इसके बाद में इन्होंने इनके द्वारा ये दो ये महत्वपूर्ण काम किया गया था जैसमंद झील का इनके द्वारा निर्माण किया गया था ये बहुत आता है एग्जाम में जैसमंद झील जो है किसके द्वारा बनाई गई थी तो मेवाड़ के शासक जय द्वारा बनाई गई थी गोमती झामरी और ऊपारेल जो नदियाँ हैं उनके पानी को रोककर कर बनाई गई थी और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसके बाद ठीक है इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह से आमेर के कछवाहा वंश के जो सवाई जयसिंह से भी किया था इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे इसके बाद में जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है अमर सिंह ठीक है अमर सिंह जो है अमर सिंह जो है इनके समय में देखिए जो एक बांडी का महल का निर्माण करवाया गया था बांडी महल इस महल की विशेषता यह है कि यह है, सफेद पत्थर से सफेद पत्थर से निर्मित है तो इनके विषय में यही ध्यान रखना है अमर सिंह सेकंड है ये ठीक है अमर सिंह सेकेंड इनके द्वारा ये निर्माण कराया कर गया था और इन्होंने इन्होंने जो जागीरों को बांटा था दो भागों में जागीर को दो भागों में बांटा था मतलब इन्होंने श्रेणियां बनाई थी जैसे एक तो है प्रथम श्रेणी जिसमें सोलह जागीर आती थी और एक थी द्वितीय श्रेणी जिसमें बत्तीस जागी रहती थी तो तो ध्यान रखिएगा प्रशासन से संबंधित भी हमारे जो हमारे सिलेबस में हैं पूछा जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उमराव और सरदार की जो दो श्रेणियाँ बनाई थी सामंतों की किसने बनाई थी अमर सिंह ने बनवाई थी इसी प्रकार अमर सिंह सेकंड ने भी दो श्रेणियाँ बनाई है ध्यान रखिएगा तो अब इस तरीके से याद है सेकंड ने भी कुछ काम किया है जो सामंतों की श्रेणियां बनाने में प्रथम श्रेणी जो बनाई सोलह जागीर है उसमें और दूसरी श्रेणी बनाई है जिसमें बत्तीस जागीरें मतलब जागीरों को निश्चित कर दिया गया था ठीक है किस प्रकार मिलेगी कि सामंत को इस तरह से एक तरह से इनको कर दिया गया था ठीक है अब इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है वो है संग्राम सिंह दित्य जो नेक्स्ट शासक है वो है संग्राम सिंह राम सिंह देते, ठीक है? देखिए आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ये जो जो समय है इनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इतना अगर आप यही याद करते जाएंगे तो फिर आप पूरा जो आपका राजस्थान का इतिहास ही नहीं पढ़ पाएंगे तो ध्यान दीजिए आपको ये सिक्वेंस ध्यान रखना है कि राज सिंह के बाद में जय सिंह आता है फिर अमर सिंह आता है आजकल जो है ट्रेंड है वो आ, जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं या कुछ ऐसा कुछ घटना हुई है उसी से संबंधित जो सन को पूछा जाता है इतिहास में जितने भी क्वेश्चन मैं देख रही हूँ आजकल यही ट्रेंड है तो आप जो भी है जो डेट वगैरह है इन पर ध्यान नहीं दीजिए लेकिन जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं और जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बनाऊँ बताऊँगी उसी को हमें ध्यान में रखना है ठीक है अगर मैं बाई नहीं भी लिखती हूँ राजा का क्या शासनकाल था तो आपको वो महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है बस ठीक है तो संग्राम सिंह जो थे इनके समय में इनके द्वारा आपने पढ़ा होगा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी सहेलियों की बाड़ी ठीक है काफी फेमस है बहुत अच्छी कहते हैं कि एक जगह है पर्यटन स्थल है सहेलियों की बाड़ी इनका निर्माण करवाया गया था संग्राम सिंह सेकंड के समय में ठीक है इसके अलावा एक मेवाड़ शैली का चित्र है मेवाड़ शैली का बहुत ही फेमस चित्र है मैं आप चित्रकारी चित्रकला पढ़ेंगे जब तब हम उसको अच्छे से समझेंगे तो इनके समय में ही मेवाड़ शैली का जो एक चित्र है प्रसिद्ध चित्र है कलील दमना क्या नाम उसका कलील दमना को चित्रित किया गया था कलील दमना जो प्रसिद्ध चित्र है उसको क्या किया गया था मेवाड़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है उसको चित्रित किया गया था इनके समय में तो ध्यान रखिएगा ठीक है एक आता है हुडा सम्मेलन हुर्डा सम्मेलन क्या है देखिए हुरडा सम्मेलन क्या है ये देखिए इस समय की बात है जब जो मराठे भी मराठे जो है वो अपनी मतलब शक्ति को बढ़ा रहे हैं तो मराठे क्या है अपने जितने भी आसपास के जो प्रदेश हैं ठीक है शिवाजी जो है आप जानते हैं मराठा राज्य की स्थापना की थी अब उसके बाद में जो है उनके जितने भी उत्तराधिकारी हैं ठीक है और उनके द्वारा जो पेशवा हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है अपने राज्य का विस्तार किया जा रहा है तो एक हुड्रा सम्मेलन जो था ठीक है ये मराठा शक्ति को रोकने के लिए राजपूतों की एक तरह से संगठन बनाया गया था ठीक है इस संगठन जो ये संगठन है तो ध्यान सम्मेलन क्या है मराठा शक्ति को में रोकने के लिए, तो, तो भीलवाड़ा में, है, है? तो भील में यह सम्मेलन हुआ लेकिन ध्यान रखिएगा संग्राम सिंह जो सेकंड है उनके समय में हुड्रा सम्मेलन की क्या बनी थी सिर्फ योजना ये सम्मेलन नहीं हुआ था योजना ही बनी थी ध्यान रखिएगा योजना इनके समय में बनी थी ठीक है तो ध्यान रखना कि योजना इनके इनके समय में बनाई गई थी और उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी है एक तरह से ये उद्यान है बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है उदयपुर में आप जाइएगा देखेगा और कलील दमना जो है कलील दमना ध्यान रखेगा जो कलील दमना बहुत मेवाड़ का एक प्रसिद्ध चित्र है इसके बारे में जब आपको चित्रकला पढ़ाऊंगी आप संस्कृति पढ़ेंगे तब आराम से देख सकते हैं इसको ठीक है ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्यान रखिएगा किसके समय का जो चित्र है ये संग्राम सिंह सेकंड के समय का चित्र है हुड्रा सम्मेलन की योजना बनाई गई ठीक है योजना बनी थी संग्राम सिंह सेकंड के समय में अब जो है हमारा नेक्स्ट राजा इनके लिए इनके लिए बस इतना ही आगे जो नेक्स्ट जो हमारा शासक है वो है जगत सिंह सेकेंड जगत सिंह सेकेंड सिंह जगत सिंह जगत सिंह सेकेंड है इन्होंने पिछोला झील के पास में देखो ये इंपॉर्टेंट है पिछोला झील के पास में एक जगत निवास ध्यान रखना जग मंदिर उन्होंने बनाया था जग मंदिर बनाने की शुरुआत कर्ण सिंह ने की थी और जग मंदिर और इन्होंने क्या बनाया जगत निवास महल पिछोला झील के पास में है ना इन्हीं के समय में नेक थे एक इनके दरबारी कवि थे उन्होंने जगत विलास क्या जगत विलास जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी तो ये इम्पोर्टेंट है इनके समय में लिखा गया ग्रंथ है ये नेक कवि है ठीक है कवि है या दरबारी कवि है या इतिहासकार है कुछ भी लिखे इन्होंने क्या किसके किसकी रचना की थी जगत विलास की रचना की थी इनके समय में ठीक है इनके अलावा इसके अलावा इनके जगत सिंह सेकेंड है इनके समय में हुररा सम्मेलन हुआ हु सम्मेलन सत्रह जुलाई देखिए डेट आप याद रखना सत्रह जुलाई सत्रह सो सत्रह जुलाई सत्रह सो चौंतीस में ठीक है सत्रह सो चौतीस ईस्वी में ये जो सम्मेलन हुआ था मैंने आपको बता दिया हुड्रा कहां पर है भीलवाड़ा में और मैंने आपको बताया था कि हुड्रा सम्मेलन क्या अभी बताया आपको मराठा शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान में सभी राजपूतों ने एक संगठित शक्ति बनाई थी चाहे आमेर का कछवाहा हो मारवाड़ के हो मेवाड़ के हों सभी ने मिलकर क्या एक तरह से हुड्रा सम्मेलन हुआ था कहाँ पे भीलवाड़ा में हुआ था इसका डेट भी आती है सत्रह जुलाई सत्रह में ये जो है सम्मेलन हुआ था ठीक है लेकिन कुछ कारणवश इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी ध्यान रखिएगा किसने अध्यक्षता की थी जगत सिंह सेकंड में ये पूछा जाता है अध्यक्ष कौन था तो जगत सिंह सेकेंड ने अध्यक्षता की थी कुछ अध्यक्षता को लेकर कुछ स्वार्थ को लेकर ये सम्मेलन है मतलब ये चल नहीं पाया और यह सम्मेलन मतलब आगे जो संगठन था वो ये बिखर गया था ठीक है इन्हीं के समय में एक और बात आती है बाजीराव प्रथम जो है बाजीराव प्रथम जो है ये पेशवा है मराठा शक्ति भी मतलब अब क्या है विस्तार करना चाहती है ठीक तो है तो पेशवा है बाजीराव ये पेशवा है देखिए जो मराठा जो है मराठों के जो प्रधानमंत्री है उनको पेशवा कहा जाता है ठीक है तो बाजीराव प्रथम ने इस समय यहां से चौथ वसूला था ध्यान रखना इन्हीं के समय में पहली बार चौथ ठीक है। है ध्यान रखिएगा, बाजीराव मतलब ये अपनी अपनी शक्ति का का चौथ पे हिस्सा, हिस्सा जो भी आमदनी होगी एक तरह से कर होता था ना? कि हम आपकी जो आ, जो क्षेत्र है मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेंगे ठीक है एक्चुअली क्या होता था जो मराठे थे वो जो आसपास के जितने भी प्रदेश थे इनके जैसे राजस्थान को मान लें जब ये लूटते थे उसको तो लूट उसमें क्या करते थे एक तरह से एक एक बड़ी लूटमार मचाते थे मराठे लोग है ना तो वो कहते थे अगर आप चौथ दे देंगे हम आ, तो हम आपके क्या करेंगे लूटमार नहीं करेंगे आपके प्रदेश में तो मेवाड़ में बाजीरा प्रथम द्वारा जो लूटमार की जाती है लेकिन उसके एवज में क्या होता है ये एक तरह से चौथ वसूला जाता है ठीक है मतलब यहाँ पर यह है कि इन्होंने लूटमार की होगी इसी तो हुड्रा सम्मेलन हो रहा है है ना ध्यान है तो इस तरीके से बाजीराव प्रथम के समय में पहली बार मेवाड़ में बाजीराव प्रथम के द्वारा सॉरी जगत सिंह के समय में मेवाड़ से चौथ वसूला गया ध्यान रखें मतलब मराठा शक्ति का प्रादुभाव हो गया था अब हो गया था मेवाड़ जगत सिंह सेकंड के समय में ठीक है ये ध्यान रहेगा आपको तो हुड्रा सम्मेलन हुआ था इनके समय में 17 जुलाई याद रखना है ये डेट भी आपको आती है पेपर में 17 जुलाई 1734 में हुड्रा सम्मेलन जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैटेंट है ये है आपसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अध्यक्षता किसने की थी जगत सिंह सेकिड़ ने की थी ठीक है कहाँ पर है ये पूछ लेंगे तो ये भीलवाड़ा में है इन्हीं के समय में चौथ वसूला गया था पहली बार इसी को रोकने के लिए तो हुलन बनाया गया ठीक है अब देखिए इनके बाद में देखिए ध्यान रखिएगा जगत विलास की रचना भी की गई थी ठीक है जगत निवास महल जो है पिचोला झील में इनके समय ही बनाया गया था ठीक है इसके बाद में जो हम देखते हैं जो नेक्स्ट शासक है इसके बाद में हम देखते हैं जो नेक्स्ट शासक है वो है भीम सिंह हम सिर्फ महत्वपूर्ण शासक पढ़ रहे हैं इनके बाद भी बहुत सारे शासक आए तीन चार शासक आए लेकिन हम महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं भीम सिंह आए ठीक है महाराणा भीम सिंह जो भीम सिंह है भीम सिंह के समय में एक घटना होती है कृष्णा कुमारी विवाद देखिए कृष्णा कुमारी विवाद क्या है कृष्णा कुमारी विवाद कृष्णा कुमारी विवाद क्या देखिये भीम सिंह है जो मेवाड़ के हैं है, है ना महाराणा भीम सिंह है इनकी एक पुत्री है कृष्णा अपनी पुत्री का जो ये क्या करते हैं सगाई जो है जोधपुर के राजा जोधपुर के राजा भीम सिंह से तय कर देते देखिए कंफ्यूज मत होइएगा सगाई जिससे की जाती है वो भीम भी सिंह है ठीक है और जो इनके पिता हैं कृष्णा कुमारी के वो भी क्या है लेकिन क्या हो जाता है दुर्भाग्यवश जो भीम सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है क्या हो जाती है उनकी मृत्यु हो जाती है अब क्या करते हैं भीम सिंह जयपुर के जगत सिंह के साथ जयपुर के जगत सिंह के साथ अपनी पुत्री कृष्णा की सगाई तय करते क्योंकि भीम सिंह की तो मृत्यु हो गई यहाँ पर जोधपुर के हैं जो ठीक है ध्यान रखिएगा तो ये क्या करते हैं अपनी बेटी की सगाई दोबारा जय सिंह के जगत सिंह के साथ कर देते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा जगत सिंह के साथ अब यहां पर क्या बात होती है कि जोधपुर का एक शासक है मानसिंह इस बात को आ, मतलब मानता नहीं है कि अगर भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो जोधपुर में हमारे एक बार रिश्ता हो गया तो जोधपुर जोधपुर में में ही होना चाहिए मतलब जोधपुर में एक बार हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो मानसिंह मान क्या करता है जो जगत सिंह के साथ आ, कृष्णा कुमारी का जो है आ, सगाई संपन्न हुई है उसका क्या करता है मानसिंह विरोध, विरोध करता है क्यों विरोध करता है क्योंकि वो कहता है कि हमारी प्रतिष्ठा है एक तरह से उस समय बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मान सम्मान सम्मान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माना जाता था क्योंकि जोधपुर के जो भी, भीम है जो मेवाड़ के उन्होंने पहले से ही जो सगाई तय कर दी थी तो उनका मानना था कि अब जो कृष्णा का विवाह है जोधपुर के ही किसी राज्य से या शासक से ही होना चाहिए तो भीम सिंह के बाद मानसिंग शासक बनता है तो यह दावा करता है कि झगड़ा है? है? स्टार्ट हो जाता है कृष्णा कुमारी को लेकर ठीक है तो एक मिगोली इन दोनों के मध्य में एक मिगोली करके युद्ध होता है ध्यान रखिएगा मिगोली का युद्ध होता है ये पूछा जाता है देखो युद। छोटे-छोटे युद्ध युद्ध पूछ लिए जाते हैं मिगोली का किन-किन के मध्य हुआ था तो ध्यान रखना है आपको जो मिगोली का जो युद्ध हुआ था मान और जगत सिंह के मध्य में हुआ था तो ध्यान रखिएगा कृष्णा कुमारी कौन है मेवाड़ की राजकुमारी है भीम सिंह की पुत्री है ठीक है पहले क्या करते हैं भीम सिंह ध्यान दीजिएगा भीम सिंह जो है अपनी पुत्री की सगाई भीम सिंह से ही करते हैं जो जोधपुर के राजा हैं उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है मानसिंह विवाह का दावा करता है कि हमारे जो राज्य में एक बार रिश्ता हो गया है तो हमारे राज्य में ही लड़की आनी चाहिए लेकिन अब क्या होता है भीम सिंह ऑलरेडी जो है जयपुर के जगत सिंह से सा... जो कृष्णा कुमारी है उसका उसकी सगाई तय कर चुका है इसी कारण इन दोनों के मध्य में कृष्णा कुमारी को लेकर मान और जगत सिंह के मध्य में कौन सा युद्ध होता है मिगोली का युद्ध होता है इस युद्ध का नाम आप ध्यान रखिएगा मिगोली का युद्ध क्या है ठीक है तो ये मानसिंह और जगत सिंह के मध्य हुआ था ठीक है क्लियर है आपको इस युद्ध में एक घटना होती है यहां पर यहाँ पर एक घटना होती है देखिए ध्यान रखिए एक अमीर खां नाम से पिंडारी है देखो अमीर अमीर खां पिंडारी नाम का एक व्यक्ति है भाडोत जगह है है। पे, वहाँ का ये पिंडारी देखिए जो पिंडारी लोग हैं, ये भी बड़ी लूट मार करते हैं आसपास के जितने भी इनके जो क्षेत्र है उनको क्या करते हैं लूटमार करके जो भी उनका जो धन दौलत है उनको लूट लिया करते थे तो ये लूटमार के लिए जो पिंडारी लोग हैं प्रसिद्ध होते थे ठीक है अमीर को क्या करते है? मान सिंग। मान सिंग बुलाते हैं हैं बुलाते अपनी सहायता के लिए द्वारा निमंत्रित किया जाता है है ठीक क्योंकि इनका बड़ा आतंक हुआ करता था पिंडारियों का लूट लेते थे बड़ी घमासान मचाते थे मतलब एक तरह से मतलब जो जिस जगह पे जाते थे उसको बहुत बुरी तरीके से लूटा करते थे ठीक है तो ये क्या करते हैं मानसिंह जो है आमिर खान को निमंत्रण देता है इस युद्ध में सहायता करने के जो मिंगोली का युद्ध हो रहा है ध्यान रखिएगा जगत सिंह और मान सिंह के मध्य अब यहाँ पर क्या होता है एक यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उसी समय अमीर खां जो है अमीर खां वो भीम सिंह जो कृष्णा कुमारी के पिता हैं उसको बोलता है कि या तो एक काम कर क्योंकि ये मान सिंह के कहने पर ऐसा कहा जाता है ऐसा हुआ था कि या तो एक काम करो कि कृष्णा कुमारी को या तो मार दो या फिर कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से कर दो अब भीम सिंह के पास कोई चारा नहीं ठीक है वो जगत सिंह से विवाह करे या मान सिंह से विवाह करे विपत्ति तो दोनों तरफ से ही है तो अब यहाँ पर क्या होता है बड़ी ही मतलब जैसे बोलते हैं कि अपने हृदय पर पत्थर रख के कृष्णा कुमारी जो है कृष्णा कुमारी ठीक है इसको जहर देकर मार दिया जाता है ठीक है जहर देकर मार दिया जाता है ऐसा माना जाता है कृष्णा कुमारी को पता था कि ये युद्ध मेरे लिए हो रहा है और वो उसको पता था कि ये जहर मुझे दे रहे हैं और वो हंसते हंसते जहर को पी जाती है ऐसा इतिहासकारों ने लिखा हुआ है ठीक है तो अब यहाँ पर हमें तो कहानी ये याद रखनी है कि कृष्णा कुमारी को जहर अमीर खां के कहने पर भीम सिंह द्वारा दे दिया जाता है ठीक है तो इस प्रकार ये कृष्णा कुमारी विवाद क्या है आपसे पूछा जाता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा मिगोली का युद्ध हुआ था अमीर खा के कहने पर कृष्णा कुमारी जो है कृष्णा कुमारी जो है मेवाड़ की राजकुमारी है उसको जहर दे दिया जाता है और इस प्रकार ये एक तरह से जो राजस्थान राजपुताना के जो एक मत माने की जो एक शक्ति है अपने आप को स्वाभिमानी कहते एक तरह से कलंक की बात भी है कि एक ये एक 16 वर्ष की थी उस समय कितने साल की थी ये सोलह साल की कितनी मतलब एक तरह से एक निर, मतलब निर्दयता की बात हो गई ना इस तरीके से कि आप अपने मान सम्मान के लड़ रहे हैं लेकिन एक छोटी मतलब एक जैसे कन्या की एक मतलब हत्या हो गई है ठीक है तो मान सम्मान को लेकर एक तरह से कलंक भी माना जाएगा तो आपको तो बस इतना याद रखना है कृष्णा कुमारी भी बात किया था एग्जाम में आए तो मिगोले का युद्ध ध्यान रखना है और अमीर खा के कहने पर जो है भीम सिंह कृष्णा कुमारी को क्या दे देते हैं जहर दे देते हैं जहर पिला दिया जाता है और मान सिंह जो है वो अमीर को निमंत्रित करता है ठीक है अब ये क्या अमीर खां जो है ये तीनों से ही जो है जगत सिंह से भी पैसा ले लेता है मान सिंह से पैसा लेता है भीम सिंह से पैसा पैसा ले लेता ले ले ले है तो इस तरीके से अपना आ, अपना काम चलाता है ये इसका काम ही होता है कि लूटना ठीक है ये आगे की बात है तो अब ध्यान रखिएगा कृष्णा कुमारी विवाद क्या है तो भीम सिंह के समय में मेवाड़ के जो आ, राजा थे उनके समय में हुआ था ठीक है इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं हमारे इनके बाद में हमारे जो नेक्स्ट शासक हैं वो है सरदार सिंह आपको बस इतना याद रखना है सरदार सिंह के समय में सरदार सिंह के समय में मेवाड़ भील कोर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी बस इनके समय का इतना ही है ठीक है देखिए मेवाड़ भील कोर क्या है इस समय जो क्या है जो पूरे भारत पर जो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है ठीक है तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ठीक है क्योंकि इस समय क्या है कि जो मेवाड़ में जितने भी भील है ना वो क्या करते हैं एक तरह से विरोध करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उस जो भीलों के विरोध को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जाती है 1837 में की जाती है तो ध्यान रखना ये इनके बारे में आता है ठीक है इसके बाद में सज्जन सिंह नाम से आते हैं सज्जन सिंह सज्जन सिंह हैं इनके बाद में सज्जन सिंह को विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है केसर हिंद की तो इनके बारे में इतना ध्यान रखना है कि सज्जन सिंह को ही दी जाती है केसर एपाधि कौन देता है विक्टोरिया विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की महारानी है ठीक है तो ये कहाँ की महारानी इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड की महारानी के द्वारा सज्जन सिंह को जो है केसरी हिंद की उपाधि दे सकते पूछ सकता है उपाधि महारानी महारानी विक्टोरिया ने मेवाड़ की तो? ठीक है इनके बाद में राम सिंह आते हैं ठीक है ठीके? इनके समय में एक एक एक और काम होता है डाकन प्रथा जो डाकन प्रथा है वो जब हम आप, आपको प्रथाएं पढ़ाऊंगी तो अब डाकन प्रथा की समाप्ति होती है सती प्रथा का जो भी है जो कन्यावध है कन्यावध पर रोक लगाई जाती है मतलब इस समय क्या हो रहे हैं मतलब इनके सामाजिक सुधार के कार्य होते हैं सद्दन सिंह के समय राम सिंह के समय में सती प्रथा जो है उसको पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाता है सती प्रथा को सती प्रथा को पूर्णतया प्रतिबंधित इनके विषय में बस एक एक दो दो लाइनें याद रखनी है आपके पूर्णतः प्रतिबंधित ठीक है ध्यान रखेगा तो राम सिंह के समय सती प्रथा को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया था सज्जन सिंह के समय में डाकर प्रथा और कन्यावध को मतलब निषेध कर दिया जाता है ठीक है डाकर प्रथा ये होती है एक तरह से कोई स्त्री होती है उसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा उसे भूत प्रेत का किसी चुड़ैल का ऐसा उसमें मतलब एक तरह से अंधविश्वास की बातें हैं तो उसको क्या कर दिया जिंदा जला दिया जाता था तो उसको मारा जाता था पीटा जाता था एक डाकन प्रथा थी एक तरह से अंधविश्वास को लेकर जो जो राजस्थान में बहुत ये जो फैली थी ये जो एक तरह से कुप्रथा बोला जाएगा इसको जो है ये डाकन प्रथा डाकन है ये एक तरह से आ, अगर किसी भी घर में रहेगी तो उसका सर्वनाश हो जाएगा इस तरह के अंधविश्वास की बातें जो इस प्रथा में मानी जाती थी उस जो स्त्री का आरोप लगाया जाता था उस स्त्री को जला दिया जाता था मार दिया जाता पीट पीट कर मार दिया जाता था तो एक तरह से ये कुप्रथा थी ठीक है अब इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो है फतेह सिंह फतेह सिंह आपको एक एक दो दो लाइनें याद रखने इनके बारे में देखो फतेह सिंह जो है जब शासक बनते हैं तो इनको इनके समय में आ, जो दिल्ली दरबार लगता है दिल्ली दरबार लगता है ये इंग्लैंड की जो मतलब एक मतलब दिल्ली दरबार में आमंत्रित करते हैं दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है ब्रिटिश जो हम साम्राज्य के जितने भी गवर्नर जनरल होते हैं आपको ध्यान रखना है बस इतना की फतेह सिंह के समय दिल्ली दरबार हुआ था तो ये उनको निमंत्रण दिया गया था फतेह सिंह को वहां पर जाने के लिए ठीक है तो अब क्या होता है कि इन्हीं के समय में एक केसरी सिंह बार एक क्रांतिकारी हुए थे क्या नाम था उनका केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनी राज चुंगटिया चेतावनी राज चुंगटिया चुंगटिया नाम से सोरठे होते हैं मतलब एक तरह से मतलब एक uh, क्या बोला जाता है कि जैसे क्रांति की भावना से उत्पन्न क्रांतिकारी थे ठीक है तो एक कविता होती है ठीक है तो उस कविता को पढ़कर उस सोरठों को पढ़कर जो फतेह सिंह uh, को जो निमंत्रण दिया था ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे उस समय जो ब्रिटिश शासक हुआ करते थे तो में दिल्ली दरबार में वो जाते नहीं हैं मतलब तो इतना देशभक्ति से मतलब परिपूर्ण था और ओतप्रोत हो गए थे तो ये केसरी सिंह जो मारठ हैं उनके जो चेतावनी रथ चुंगटिया जो उनकी कविताएं हैं उसको पढ़कर ये इतने प्रभावित हुए थे कि ये दिल्ली दरबार जो हो रहा था वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली दरबार में वहाँ पर पहुँच गए थे दिल्ली में लेकिन वहाँ उस जो सभा थी हो रही थी दरबार में था उसको अटेंड नहीं किया था और अपनी उसी वहाँ से लौट आए आए थे, थे, ठीक है? है ऐसा माना जाता कि जो जो जो एक के प्रिंस सिर्फ छपनिया अकाल पड़ा था छपनिया अकाल ध्यान रखना छपनिया अकाल क्या है यह पड़ा था अठारह अथा सो निन्यानवे में देखिये है तो अठारह सौ निन्यानवे लेकिन विक्रमी संवत है ना जो देखिए विक्रमी संवत के अनुसार ये आएगा उन्नीस ये आपको बाद में समझाऊंगी विक्रमी तो ये बहुत सारे सम्मत होते हैं तो उन्नीस का जो समय है विक्रमी संबत का समय है ना इसलिए इसको छपनिया आकाल कहा जाता है तो इन्हीं के समय में छप्पनिया आकाल पड़ा था ध्यान रखिए केसरी सिंह भारत ने चेतावनी राज चुमटिया किताब लिखी थी ठीक है दिल्ली दरबार में इनको निमंत्रित किया गया था ठीक है ध्यान रखिएगा इन्हीं के समय में एक बहुत जो लंबा चलने वाला एक आंदोलन था बिचौलिया किसान आंदोलन आपको याद होगा बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कौन सा है किसान आंदोलन इन्हीं के समय में प्रारंभ हुआ था फतेह सिंह के समय में ही प्रारंभ हुआ था ठीक है तो ध्यान रखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रादुर्भाव भी इन्हीं के समय में हुआ था ऐसा माना जाता है किसान जो है काफी जो आसपास के जो बिजोलिया जो है जो क्षेत्र है ये भीलवाड़ा में पड़ता है वहाँ के जो जागीरदार थे वो कृषकों से किसानों से क्या करते थे बहुत ज़्यादा कर वसूल करते थे क्या वसूल करते थे बहुत ज़्यादा कर वसूल करते थे जिसका किसानों ने विरोध किया था और जो जागीरदार थे वो फतेह सिंह तक जो महाराणा थे उस समय उन तक ये सूचना नहीं पहुँचाते थे उस मतलब महाराणा की मतलब उनके उनको सूचना भी नहीं होती थी और जागीरदार जो होते थे जो सामंत बोला जाता था वो ज़्यादा ज़्यादा कर वसूल किया जाता बहुत ज़्यादा कर वसूल किया जाता था, था किसानों से इसी कारण बिजोलिया किसान आंदोलन होता है ये बहुत आगे तक चलता है इसके बाद में जो भोपाल सिंह होते हैं जो शासक आते हैं इसके बाद में भोपाल सिंह ठीक है भोपाल सिंह के समय में देखिए बिचौलिया किसान आंदोलन अपने चर्मोत्कर्ष पर था इनके समय में आफ्टर जो है फतेह सिंह के बाद हम भोपाल सिंह आते हैं इनके समय में ही राजस्थान का एकीकरण हुआ ठीक है और राजस्थान जो अब हमें वर्तमान में राजस्थान का जो नाम है मतलब जो एक संगठित भारत का एक अंग है ठीक है वो है राजस्थान तो इन्हीं के समय में राजस्थान का एकीकरण हुआ एकीकरण भी है आपके एग्जाम में जो है सिलेबस में तो शायद पूछेंगे तो एकीकरण पढ़ेंगे तो बिजोलिया किसान आंदोलन भी इसी इन्हीं समय में प्रभु ध्यान रखेगा कि ये चीजें हैं इम्पॉर्टेंट है देखिए चेतावनी चुंगटिया जो है किताब केसरी सिंह बाराट ने लिखी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कौन थे क्रांतिकारी थे उसको पढ़कर ये दिल्ली दरबार में नहीं गए थे छपनिया अकाल भी पड़ा था ठीक है देखिए यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर तो अकाल पड़ा हुआ है और जो ब्रिटिश सरकार है उस समय वो दिल्ली दरबार का आयोजन भरा ही मतलब बहुत पैसा खराब किया जाता है छपनिया आयोग जो है मतलब छपनिया जो अकाल पड़ा है उसको तो ध्यान नहीं दिया जाता और बल्कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है तो एक तरह से जो इस बुक में जो इन कविताएं लिखी होंगी तो एक तरह से देशभक्ति से और होंगी और इन्होंने वहाँ पे नहीं गए होंगे क्योंकि इनको उस समय देखना चाहिए था ब्रिटिश सरकार को कि जो अकाल में लोग मर रहे हैं उनको नहीं देखा गया बल्कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया इसके बाद में भोपाल सिंह शासक बनते इनके समय में राजस्थान का एकीकरण होता है ठीक है और इनको राजप्रमुख भी बनाया जाता है हम एकीकरण में पढ़ेंगे इनके बारे में राजस्थान का एकीकरण किन के समय में हुआ था भोपाल सिंह के समय में हुआ था और जो कृषक आंदोलन भी आगे बढ़ा था इनके समय में ही खत्म भी हो गया था बाद में ठीक है अब इसके यहाँ तक तो हमारे हो गए मेवाड़ के जितने भी क्या बोला जाता है जहाँ शासक है मेवाड़ के शासकों का हो गया हमने पहला क्या पढ़ा था हमने पहला पहला जो शासक पढ़ा था मेवाड़ के शासक का अंत कहाँ से हुआ भोपाल सिंह तक ये हो गया उन्नीस 48, 48 तक रहते हैं ठीक है उन्नीस सौ तक जो राजस्थान का एकीकरण हो जाता है ठीक है वो घटनाएं हम चलेंगी बातें तो सबसे पहला जो है गुहिल वंश जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है तो गुहिल के द्वारा की जाती है ये हमने पढ़ा था ठीक है थोड़ा एक में देख लीजिए गोहिल फिर इसके बाद में कौन आते हैं बप्पा रावल आते हैं कौन आते हैं बप्पा रावल आते हैं ठीक है बप्पा रावल के बाद में अलहट है ठीक है पप्पा रावल ने क्या क्या था एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था ठीक है हरि मैंने आपको बताया था अलहट जो है वो आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करते हैं नौकरशाही इनके समय में हुई थी ठीक है इसके बाद में जेत सिंह है जो महत्वपूर्ण जो है की बात कर रही हूँ ज्योत सिंह आता है जेत सिंह जो है इल्तुत्मिश के साथ लड़ाई होती है नागदा नागदा को लूटा जाता है इल्तुत्मिश के द्वारा ठीक है और ये भूताला का युद्ध होता है इनके समय में ठीक है इस बाद में एक रतन सिंह है जो रतन सिंह जो है ठीक है रतन सिंह आते हैं इनके बाद नेक्स्ट शासक जो है तेरह में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है मैं पूरी घटना आपको बताइए सारी आप देख लीजिएगा वीडियो में आप देख लीजिएगा मैंने आपको बताया हुआ है रतन सिंह का पूरा जो है इसमें गौराबादल है ठीक है गौराबादल के लिए कौन सी किताब लिखी गई है सब मैंने आपको क्लियरली बताया गया है ठीक है रतन सिंह के बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं हमीर आते हैं हमीर हमीर देखो पूछा जाता है कि जो रावल शाखा है रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था तो वो कौन था रावल शाखा का अंतिम रावल शासक शाखा, शाखा का अंतिम शासक जो था वो था रतन सिंह ध्यान रखेगा इनके समय में क्या होता है कि आ, जो सिसोदिया सिसोदिया वंश प्रारंभ होता है सिसोदिया वंश तो इनके क्योंकि सिसोदा ग्राम से आया था मैंने पूरी कहानी बताई हुई आपको वीडियो में सिसोदिया वंश सिसोदिया ग्राम से आए थे ठीक है इनको मेवाड़ का उद्धारक भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने पुनः क्या होता है कि जब रतन सिंह के मैंने आपको पूरा बताया थी कि किस प्रकार ये मेवाड़ का उदाहरण क्यों कहा जाता है इनको मैंने आपको पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा क्यों कहा जाता है क्योंकि इन लोग आए थे वहाँ से बनवीर जो है बनवीर सोना सोनग्रह है मालदीव सोनग्रह के जो पुत्र हैं उनको आ, मतलब Thoughts के जो अधिकार उस समय होता है तो वहाँ से हटाकर हमीर देव उनको चित्तौड़गढ़ को वापस प्राप्त करते हैं बहुत सारी मैंने इनको कहानियाँ बताई हुई हैं आपको इनके बारे में जो जो इन्होंने निर्माण कार्य कराए थे वो भी बताए हुए हैं ठीक है देखे? तो ध्यान रखना हमीर जो है हमीर के समय में शिशोदिया वंश की स्थापना इस, इस, इसके बाद में निर्माण में शिशोदिया वंश चलता है ठीक है हमीर के बाद में आपने नेक्स्ट देखा होगा मतलब हम हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी जो शासक हैं उनको हम सिक्वेंस से पढ़ ठीक है तो ध्यान रखिएगा हमीर देव आता है और हमीर देव के बाद में फिर एक जो शासक आते हैं वो राणा लाखा आते हैं राणा लाखा जो है महत्वपूर्ण शासक हैं ठीक है राणा लाखा के बाद में मोकल मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है वैसे हमरी के बाद में जो छेनसिंह भी बनते हैं उनका महत्वपूर्ण नहीं इतना राणा लाखा है मोकल है फिर इसके बाद में आपको पता आया था कुंभा बनते हैं कुंभा शासक बनता है कुंभा के कुंभा के मैंने आपको कितनी उपलब्धियां बताई हुई हैं ठीक है चीके? इसके बाद में कुंभा के बाद में रत्न सिंह बनते, है, बनते हैं चाचक रत्न विक्रमादित्य शासक बनते हैं ठीक है इस प्रकार आगे बढ़ता है विक्रमादित्य के बाद में फिर उसके बाद में उदय सिंह आते हैं उदय सिंह के बाद में फिर प्रताप आते हैं प्रताप के बाद में अमर सिंह हैं अमर सिंह के बाद में आपको पता था राज सिंह है मतलब बहुत सारे महत्वपूर्ण जो शासक है राज सिंह के बाद में मैंने आपको पता था जय सिंह बताया फिर मैंने आपको ठीक है जय सिंह के बाद में हमने देखा संग्राम सिंह है जगत सिंह सेकंड है ठीक है इस प्रकार ये सारा सिक्वेंस है मैंने आपको पूरा बताया हुआ है आप चाहिए और वीडियो में सारे जो जम्मेवाड़ के जितने भी शासक शासक हैं जितने भी उनके जो कल्चरल जो अचीवमेंट्स हैं मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है आप देखिए उसमें ठीक है सारी वीडियो में सब एक एक शासक के बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ है जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे बांडी का महल किसने बनाया जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो इस तरीके से सारे और एक हाथी युद्ध क्या है ठीक है ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो जैसे हल्दी के युद्ध में एक जो कौन सा युद्ध हुआ था, एक और युद्ध है लूणा और रामप्रसाद कौन है ठीक है तो इस तरीके से ऐसा कौन जो है जब महाराणा सांगा जो है महाराणा सांगा जो मैंने आपको पढ़ाया था महाराणा संग्राम सिंह जो थे उनके समय में जब उनका राजीव शेख हुआ था तो कौन था दिल्ली का जो शासक था या बादशाह कौन था उस समय तो ये भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है खतोली का युद्ध कैसे होता है बारी का युद्ध क्या है सारी सिक्वेंस मैंने आपको इन सब वीडियो में बताई हुई है आप मेवाड़ का इतिहास पूर्ण रूप से देखिए सारे एक एक शासक के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है आप जो वीडियो देखिए और आप इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और तब तक के लिए धन्यवाद आगे मिलते हैं